ड़पना क्या होता है ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर वो नहीं जिसको इसकी ख्वाहिश हो